As the jail superintendent, no mobile phone has ever been recovered from the high-security jail zone of the Patanja Jail. In this jail, the lights are not switched off after lockup at sundown, in order to keep the lights are dimmed, in order to keep an eye on the activities of the inmates inside. In the interview, Lawrence Vishnu is sporting a long beard and a long hairdo, which which is quite visible. He is wearing a yellow T-shirt. uh presently when he was brought on remand produced in court and lodged in jail he is having a short haircut a different attire uh when his uh, belongings were searched at the time of entry to jail this no yellow t-shirt was there or he neither he was wearing nor carrying uh, the interview does not mention the recent friction with jaggu bhagwan puriya another criminal over the incident in the govindwal sahab jail uh which indicates it might have been recorded earlier uh, somewhere in the interview there is a mention of uh, a jail outside punjab uh i would like to inform everyone that the punjab police ably supported by the advocate general we fought a long legal battle up to the supreme court to bring this uh, criminal to punjab jail so that he can face justice and he fought up to supreme court expressing ap apprehensions in writ petitions that he will be eliminated in an encounter if he is brought to punjab he has spent his entire criminal career outside the jails of punjab the last 7 8 years <coughs> running his criminal network from outside punjab there are certain forces who are trying to disturb the peace and harmony in the state the designs of such forces will not be allowed to succeed the punjab police would put them down firmly and strict legal action would be taken a lot of fake social media handles accounts are uh, peddling fake news throwing fake news confusing people uh, trying to Bombard the internet. We are countering this, and we will take legal action. We have taken legal action also. I would request our friends in the media fraternity that uh, kindly fact check. You have the right to expression. We respect and honour that. And but at the same time, I would make an appeal to fact check news to not to spread rumours, so that we don't fall, uh, we don't become a tool in the hands of unscrupulous elements trying to disturb harmony in Punjab. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि जो क्रिमिनल लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू एयर किया गया था वो पंजाब की भटिंडा जेल या किसी और जेल से में रिकॉर्ड नहीं हुआ है जो हमारी फाइंडिंग है अब तक की इसे राजस्थान पुलिस ने 8 मार्च को भटिंडा जेल में अपना रिमांड खत्म होने के बाद जमा कराया इसको तलवंडी साहबो कोर्ट में नौ मार्च को पेश किया गया एक दिन के रिमांड के बाद ये 10 मार्च को दोबारा भटिंडा जेल में वापस पहुंच गया और 14 मार्च को इंटरव्यू इंटरव्यूरिटी बताना चाहूंगा कि जो भटिंडा जेल का जेल में हमने एक टेक्निकल सोल्यूशन इंप्लीमेंट किया पंजाब सरकार ने भारत सरकार की मदद से उनकी टेक्निकल हेल्प से तो जिससे वहां पर मोबाइल टेलीफोन या दूसरे, दूसरे इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करते हैं इनफैक्ट दूसरी जेलों से जो हार्ड एंड क्रिमिनल हैं उन्हें भटिंडा भेजा जाता है क्योंकि भटिंडा जेल बाकी जेलों के कंपैरिजन में ज्यादा सिक्योर है उसमें हाई सिक्योरिटी जोन में आइसोलेटेड सेल में जिसका मतलब है कि एक सेल में सिर्फ एक मुलजिम होता है इसे लॉन्च किया गया है और वहाँ पे जैमर्स के कवर में ये राउंड द क्लॉक ये हाई सिक्योरिटी जोन है जेल का स्टाफ दिन में तीन बार चार बार चेक करते हैं कि मोबाइल सिग्नल तो वहाँ पर नहीं आ रहे और कोई मोबाइल सिग्नल उस जोन में नहीं आते हैं चौबीस घंटे हाई सिक्योरिटी जोन की सीसीटीवी सर्विलेंस होती है वहां पे डबल गार्ड है इनर गार्ड सीआरपीएफ की है और आउटर गार्ड जेल्स डिपार्टमेंट की है जो जेल सुपरट है वो आ, मिस्टर नेगी बीएसएफ से डेपुटेशन पे पंजाब आ, जेल्स डिपार्टमेंट में आए हैं आज तक कभी भी जो हमारी संयुक्त सर्चेज होती हैं पंजाब पुलिस और जेल डिपार्टमेंट की साझी सर्चेज होती है उनमें कभी भी इस हाई सिक्योरिटी जोन में मोबाइल फोन रिकवर आज तक नहीं हुआ है भटिंडा जेल के इतिहास में आ, हाई जोन में हाई सिक्योरिटी ज़ोन जो लाइट्स हैं वो सनडाउन पे ऑफ नहीं होती हैं उन्हें सिर्फ डिम किया जाता है ताकि इनमेट पे नजर रखी जा सके कि वो क्या कर रहे हैं जब यह इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई की दाढ़ी मुझे लंबी है बड़ी है और ये जो रिसेंट फोटोग्राफी की इसमें इसके बाल छोटे हैं ये जो येलो टी शर्ट है ये भी जब इसकी बिलोंगिंग्स चेक करी गई तो ये जेल में नहीं जलो कोई टी शर्ट नहीं पाई गई और दूसरा दूसरा अटायर इसने पहना था जो इस इंटरव्यू का जो जो क्वालिटी काफी काफी स्टूडियो लेवल की क्वालिटी है जो जहाँ पे कम्युनिकेशन डेड जोन में इस प्रकार की रिकॉर्डिंग करना असंभव है इंटरव्यू में कोई जो रिसेंट जो दूसरा क्रिमिनल है जग्गू भगवान से जो इसका इसकी टसलबाजी चल रही है या गोविंदवाल साहब जेल में इंसिडेंट हुआ है कोई रिसेंट इवेंट्स का कोई जिक्र नहीं है जिससे यह लगता है कि शायद ये इंटरव्यू पुराना है इंटरव्यू में किसी दूसरी 30 मिनट 20 सेकंड के बाद किसी दूसरी जेल का भी जिक्र है और ये मैं सबको बताना चाहूँगा कि लॉरेंस बिश्नोई ने सुप्रीम कोर्ट तक ये फाइट करी कि उसे पंजाब पुलिस ना लेके जाए पंजाब की जेल में और एक लंबी लीगल लड़ाई के बाद इसे हम जब वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऑफ सिद्धू मूसेवाला उनका मर्डर हुआ था उसके बाद हमारी एजीटीएफ ने गैंगस्टर्स के खिलाफ कंसर्टेड एफर्ट्स करके काफी गैंगस्टर्स अरेस्ट किए थे उस दौरान इसको पंजाब की जेलों में लेके आया गया था जितने भी इसके पंजाब के क्राइम्स थे उन केसों में पुलिस रिमांड लेके इन्वेस्टिगेशन करके चलान पेश किए गए थे इस शख्स ने अपना तकरीबन पूरा क्रिमिनल कैरियर पंजाब की बाहर की जेलों से पंजाब में क्राइम्स प्लॉट करके उसने अपना कैरियर सात आठ साल का ये इसने व्यतीत किया है और इसे पंजाब में ले आके हमने इसे निष्क्रिय और इनएक्टिव कर दिया है ये कुछ अंसरों की हमेशा से ये कोशिश रही है जो हाल के दिनों में बढ़ गई है कि पंजाब में अस्थिरता हो इनस्टेबिलिटी हो पीस और हारमनी को डिस्टर्ब किया जाए ये हम नहीं होने देंगे मैं सबके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहता हूँ कि जी के इवेंट्स अमृतसर में पीसफुली चल रहे हैं और कोई कोई किसी किस्म का डिस्टर्बेंस नहीं है कल का इंसिडेंट है कि एक प्रोमिनेंट टीवी न्यूज चैनल ने ये ये खबर लगा दी थी गलत की भटिंडे में जो है रेलवे ट्रैक्स डैमेज हो गई हैं वो हमने उन्हें रिबट किया कॉन्ट्राडिक्ट किया तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि फैक्ट चेक जरूर करें रूमर्स पे ध्यान ना दें न्यूज़ को वेरीफाई कर लें और उसके बाद ही लगें धन्यवाद कोशिश शुरू कि तो रही हाँ। है अभी जो, जो लीगल जीवैसि डिस करते हर मैटर करा रहेगा जिदा हम जदों भगवान ने जो इंटरव्यू होनवैसिगेट किया जो मौजूदा जो गलबात की है चाहे मूसेवाल की गलती है नवे सिर तो कोई जांच पड़ताल करके जो जेल रहेगा क्योंकि अक्सर यही सून बार शिफ्ट कर दिया जाए क्योंकि कभी है जेल बड़ी हाई सिक्योरिटी जेल हैगी थोड़ा में थे, भटिंडे जी, जी, जी, पर अरेगल सिस्टम लीगली मतलब मैं थोरेटिकल गल कर रहा मान लो कल कोई होल्स कहती है कि ਇਹਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ ਜੀ ਸੋ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਸਿンス ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਬੜੇ ਹਾਈ ਸਟੇਕਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਟੇਕਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਨਵੋਲਡ ਰਹੇ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਂਗ ਚਲਾਦਾ ਡੂ ਯੂ ਸੀ ਇੱਕ ਪੈਨਯਾ ਲੈਵਲ ਡੋਅਰ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਥਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦਾ ਫਰਸਟ ਇਨਸਟਿਟਿਊਟ ਸਟੇਟ like uh, from this interview jitna naam punjab da naam hoya mangada dekho ji this is to you have raised a very pertinent point i want to clarify that uh, that is why this press conference and bothering you at short notice that this has not been done in punjab we are categorical we are very sure and as i mentioned certain inimical forces because a lot of things are happening behind the matlab uh, uh, मतलब मैं पंजाब पुलिस बारे कहां या पंजाब आई विल कन्फाइन मैसेज टू पंजाब पुलिस कि इंडिया टुडे सर्वे करती है वह कहती है कि पंजाब इज नंबर टू इन लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकस एंड डेटा अवर ओन पीपल रन अस डाउन कि जी असी मतलब मैं यही कहता कि uh, 100 परसेंट देर भी वारदाता होंगी साड़ी वारदात हुई हैं ट्रेस कर रही जी वारदात सो टू रिटर्न टू योर क्वेश्चन I I don't see the need of NIA probe in this. Punjab Police is fully competent to probe this to get to the bottom of this. Yeah. And I, एक साल तीन एक साल तीन एक मौका तो चुनिएगा आला एक साल तीन एक मौका तो नुकील दरी एंड मौके तक क्या चीज करनी पंजाब से बाहर जान थोड़ा वो तक पंजाब पुलिस वाल चकना एक क्यों ए माहौले सामान क्यों बेचार गया था तनु लड़दार की प्यार को क्यों जी कर बा� है। उन बोलना। देखो जी मैं पहले भी किया टीवी इंडिया ही मैं हम कि देखो जी देर आर मैनी कि जी जियो पोलिटिकल सिचुएशन है वो साढ़े हथाच नहीं है इन द सेंस कि जे कश्मीर इंटरनल सिक्योरिटी सीनियरी इंपरूव हो रहा जे पाकिस्तान पाकिस्तान का आर्मी चीफ चेंज हो गया जरा आई एस आई का फॉर्मर चीफ से पाकिस्तान का आर्मी चीफ है So so, फिर कह मैं क्यों बार बार कि काफ़ी कुछ सा जो तुम ग्राउंड में जाओ वेखो रियलिटी कुछ हो रे है सच कुछ होर होंगे मैं कोई चीफ सैक्रेटरी चिट्ठी नहीं देखी सो देखिए जो कि इट इज सो अब आई विल डील विद इट व्हेन आई सी इट प्लीज क्लेरिफाई कर दे कि ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰੀਸਟਰ ਐਂਡ ਇਨ ਐਫ ਆਰ অর ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੁਝ प्लीज ਕਲੀਅਰਫਾਈ ਥੋੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਾ ਕਰਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਰਵਿਊ ਤਾਂ ਇਨਾਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੇਲਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਫੁਲੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਜੇਲਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਓਲਡੀ ਰੀ ਸੀਜ਼ਡ ਆਫ ਦਾ ਮੈਟਰ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ देयर टू सपोर्ट ਹਿਮ ਸ਼ੇਖਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਲੀਨਿਕ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ ਔਰ ਪੁਕਾਰਾ ਬਾ ਨੀ ਮੈਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਈ ਇਨਫੈਕਟ ਨਾ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਖਾਈ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਾਈਟਸ ਡਿਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ CRP ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜਾ BSF ਤੋਂ ਡਿਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ CRPF ਗਾਰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਜਸਟ ਟੂ ਕਲੀਅਰ ਦਾ 에ਅਰ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਦਿਸ ਵਿਦ ਯੂ ਆਲ ਯਾ ਤਾਂ ਥੀਸ ਆਰ ਹਾਰਡ ਫੈਕਟਸ ਯੈਸ ਮੈਮ ਯੈਸ ਮੈਮ मैम अर एगजामिन मतलब सो बेसिकली पता जी मैं हूं मैं अपना अपने काम, काम रखना तो कई बार ना अगले कुछ वैसे भी कह दें दे, मतलब दे, दे, दे, बेसिकली इट इज अ बैटल ऑफ इट्स कि सर जो नहीं जी मैंने तो बड़ा क्लियर कह रहा हूँ देखिये मैं बहुत लिमिटेड सा कह रहा हूँ बट विध स्पष्टता से कह रहा हूँ की ये पंजाब की जेल में नहीं है और एक सोची समझी साजिश है पंजाब को पंजाब पुलिस को बदनाम किया जा रहा है किया जा रहा है, हमारे यहाँ हारमोनी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करी जा रही है मैंने कहा यह इंटरव्यू पंजाब भी होया, लेकिन भी भी उन्हें गल कही है तो बारे या दे। बारे देखो जी मैं पोलिटल गल कोई नी अल है के, so I, I never make any political कमेंट मेरी डोमेन नहीं है जी मैंटेंट मैं, मैं बारे मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता दैट मैं, मैं कहंगा देखो बहुत अनफॉर्चुनेट इंसीडेंट से सारे बहुत दुख होया अत तत्परता से असू इनवेस्टिगेट तो किया तो अभी हर मुलजिम सज़ा करावे जी इस मुताबिक जरूर होगी वट एवर इज द नीड ऑफ द आवर सारा कुछ थोड़े शेयर करा जी वी विल डू इट इन वेरी ट्रांसपेरेंट विच दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस इज अबाउट लॉरेंस बिश्लोर इज परप